आखिर क्यों इस चोर को बैंक ने डेढ़ करोड़ रुपए मुफ्त में दे दिए 2008 में डेमिट्री अगर को नाम के व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का एक फॉर्म मिला फॉर्म के साथ साथ उसमें एक दूसरा बुकलेट भी आया था इसमें क्रेडिट कार्ड का ब्याज लगभग 13 परसेंट लिखा था लेकिन जब डेमिट्री ने वो फॉर्म अच्छे से पढ़ा तब उस फॉर्म में ब्याज फोर्टी मतलब की पैंतालीस परसेंट को लिखा गया था इस फॉर्म को पढ़ने के बाद डेमिट्री ने एक प्लानिंग बनाई उसने रूबरू असली फॉर्म के जैसे नकली फॉर्म बनाया नकली फॉर्म में उसने पैतालीस को जीरो कर दिया उसने यहाँ भी लिखा की अगर बैंक कार्ड को कैंसिल करती है तो बैंक डेमेट्री को डेढ़ लाख रूपये भरेगी सारी चीजें लिखकर डेमिट्री वो फॉर्म सबमिट कर दिया बैंक के कर्मचारियों ने उस फॉर्म की नकली लिखावट पर ध्यान नहीं दिया और उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों दे दिया कुछ दिन तक डेमिट्री ने लोन लिया और उतने ही पैसे चुकाए जितने उसने लिए थे कुछ महीनों बाद बैंक डेमिट्री के ब्याज न भरने आरोप बैंक ने उस पर केस कर दिया कोर्ट में डेमेट्री जीत गया जीतने के बाद कोर्ट ने उसका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया इसकी वजह ऐसी उसने बैंक आरोप फिर ऐसी केस किया ये दिखाते हुए की उसका कार्ड कैंसिल करने आरोप बैंक को उसे डेढ़ करोड़ रुपए देने होंगे आखिर में बैंक ने डेमेट्री को वो पैसा चुकाया फिर वो केस बंद हुआ बिचारे मैनेजर को इन सबका खामियाजा अपनी नौकरी खो करना पड़ा